क्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूर बोल के, बोल के और कितना दूर चले गए हम लोग ये लोग बोल रहे हैं कि चलने के टाइम बहुत तकलीफ हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं ऊपर आप देख सकते कैसे झगड़ा कर रहे हैं ओ! तुमको न बोला था ना ये लोग झगड़ा हो रहे हैं देख लो झगड़ा हो के जा रहे ऊपर के ऊपर की तरफ में ये पूरा बहुत डेंजर है इधर से ना तो बहुत अच्छा दिख रहा है वो नीचे वाला तो बहुत डेरी कर रहा है क्योंकि आने में बहुत तकलीफ है ना भाई मैं लाइन में ऐसा सफर कभी नहीं किया था ये पांच बार हो रहा है मेरे साथ तीन लोगों के साथ फास्ट बार हो रहा है क्योंकि कभी <laughs> तो नहीं ऐसे टूरिस्ट लोग भी नहीं कहते है जितना सफर हम कर रहे हैं एक पत्थर नीचे ऊपर से गिर गया तो मर जाएंगे हम भी गाइस मैं दिखाऊंगा आप लोग को नज़ारा कैसा ऊपर से दिखता है नीचे तक गाइच मैं और थोड़ा ऊपर जाने के बाद दिखाऊंगा आपको ऊपर का नजारा कैसा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक तो गाइस अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को नज़ारा यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है उसका लुक कैसा है हम दिखाएंगे अभी गाइच आप लोग देख सकते हो कि नज़ारा कैसा है कैसे ऊपर से कैसा दिख रहा है हम उसके ऊपर और जाएंगे देखेंगे ऊपर में कितना कैसा क्योंकि हम तो मोबाइल पकड़े ना कैमरा तो अच्छा दिखता। मोबाइल में कितना है देखो कब से आ रहा है अभी तक तो नहीं पहुंचा ऊपर तक। मेरे गाइस लो के लोग चले गए ऊपर हम जा रहे हैं भाई टोंगेर के तो साड़ी में हमको साइड साइड में जाना पड़ेगा जंगल पे आने में बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि ये पत्थर के रास्ते से गुजरना बहुत अच्छा लगता भी है थोड़ा क्योंकि फाइन फाइन अच्छा लगता है और ना धोर्मी खा लिया तो जीव तो है ये लोग चले गए हैं अभी और एक आदमी है पीछे मैं था मैं भी था पीछे ये लोग तो थक जा रहे हैं क्योंकि डायरेक है ना क्योंकि चढ़ने में बहुत तकलीफ हो रहा है तो। लोग अभी यहाँ रुके हुए हैं बहुत मैं हैं बहुत थका हूँ कितना पांच पार के हम छठते हैं रास्ते पे रुके हैं जो बोल जो भी बोलते हैं रुके हैं रास्ते पे ये लोग देख लो सहपा सहप हो गए ये तो फुट गया है इसका इस देखो इसका कुर्सी इस्मा बगीचे वाला हूँ तो नहीं आया जो कि गाइस की बहुत बहुत रुके हुए हैं क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा रनिंग नहीं करते इसलिए सब लोग आगे फिर के निकल गए हम पाँच बार रुके हैं क्योंकि पहले से उधर से रुकते आए हैं अभी फिर जा रहे हैं ये वाला पीछे देखो पीछे रह गया, एक हम भाई देख लो रास्ता है, है डेंजर कि जाने में बहुत तकलीफ होता फिर भी हम जा रहे हैं <laughs> तो <laughs> वाला था अभी और देख लो कैसे जा रहा है कई हम लोग पहुंच गए और देखो ये दिख रहा है वो वाला चटन से नहीं दिख रहा इधर से देखो दिख रहा है और जहाँ दुनिया मैं दिखा रहा हूँ वो चटन दे, देख सकते हो तो आप लोग को वो इतना बड़ा पत्थर देख सकते हो तो ये वाला पत्थर हम उधर जाएंगे वो, वो लास्ट होगा हमारा अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वो लोग चले गए ऊपर वहाँ से भी नज़ारा ऐसा अच्छा है ना भाई माँ डालेगा बहुत अच्छा है नज़ारा वो लोग चले मैं जा रहा हूँ बहुत देर में होता है मैं कहना चाहती बहुत टाइम लगता है गाइस अभी हम पहुंच गए अभी मैं आप लोगों को और अच्छा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ छे बच्चे को देखते हैं ये सब बहुत गाइस शाम पहुंच गए ये ऐसा लुक है ना अब खोस हो जाएंगे गाइस गाइस ये देख लो इधर का कैसा दी लुक है देखो किस गाइस देख सकते हो ये नज़ारा कैसा अच्छा है ये वाला ऊपर के ऊपर से देख लो हमारे गाइस तो उधर चले गए हैं मैं अकेला हूँ इधर बहुत अच्छा लुक है इधर का क्योंकि धूप की वजह से दिख रहा है ज़्यादा देख लो मैं जा रहा हूँ मेरे भाई के पास इधर में तो हम कैप्चर करिए फोटो जो लेना था देख अभी तो खाने पीने के बाद जाएंगे नीचे अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए